यदि थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही तो आप सीधा कोर्ट भी जा सकते हैं कोर्ट में वकील के पास जाकर 156 सौ के साथ सेक्शन 3 के तहत आपको जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करवानी है जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक रिपोर्ट तलब करेगा जिसमें संबंधित थाने से जानकारी मांगी जाएगी कि इस व्यक्ति ने हमारे पास आकर शिकायत की है आपने उसके सम्बन्ध में कोई एफ की है या नहीं थाने से जानकारी जाने के बाद कोर्ट थाने को ये ऑर्डर देगा की वो आपकी एफ दर्ज कर कार्रवाई करे यदि इसके बाद भी आपकी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप 210 सीआरपीसी के तहत एक और एप्लीकेशन न्यायालय में मूव करवा सकते हैं इन सब के बाद भी यदि आपके केस में कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप चार सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए दखन न्यूज़